बारिश के कारण मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है शिवना का जल स्तर भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह तक पहुंच गया हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस सीजन में पहली बार शिवना ने बाबा पशुपतिनाथ का जल अभिषेक किया अष्टमुखी प्रतिमा के नीचे के हिस्से के चार मुख पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं मंदिर परिसर में पानी बढ़ता देख दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है बीते दो सालों के बाद मंगलवार को फिर शिवना उफान पर है शिवना के जल ने भगवान पशुपतिनाथ के चारों मुखों को जलमग्न कर दिया है माँ शिवना का बाबा पशुपतिनाथ का यह जलाभिषेक है बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा का शिवना के जल से अभिषेक करना मंदसौर वासियों के लिए शुभ माना जाता है इस सहयोग के बाद मंदिर में ढोल नगारे बजना शुरू हो गए अब से पहले 2019 में आई बाढ़ में पूरा पशुपतिनाथ मंदिर ही जलमग्न हो गया था मंदिर का केवल शिखर ही नजर आ रहा था हालांकि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन अष्टमुखी प्रतिमा के नीचे हिस्से के चार मुख पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। मंदिर परिसर में पानी बढ़ता देख दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है